Hello? Hello Hey जमु आश था। अब तो दिल कहा तोर से मिले कले मन तो दिल अरे मन घर मानूला थे